या देवी शर्वभूतेषु शक्तिपेणु संस्था नमस्त नमस्त नमस्तस्य नमो नमः दुर्गे स्मृता हर्तिम भीतिम शेषजन तो स्वस्थ स्मृता मतमतिम दारिद्र दुख भय भयहारिणी का सर्वोपकारपराय सदा चित्ता दर्शको शारदीय नवरात्रि का प्रारंभ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 दर्शकों चलते हैं आज के दिन के पंचांग की ओर पंचांग बेसिकली पांच अंगों से मिलकर के बना होता ये है ये पांच अंग हैं तिथि वार नक्षत्र दो हजार छिहत्तर तक उन्नीस सौ इकतालीस रविवार दिन रहेगा सूर्योदय होगा प्रातः छह बजकर एक मिनट पर सूर्यास्त होगा शाम को पाँच बजकर बावन मिनट पर शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि रहेगी दर्शकों आठ शाम तक की नक्षत्र रहेगा हस्त इसके उपरांत चित्रा नक्षत्र रहेगा करण रहेगा किस्तुधन इसके उपरांत बम और अंतिम करण जो रहेगा ये रहेगा बालोकरण योग रहेगा ब्रह्म इसके उपरांत इंद्र योग रहेगा